टाइमिंग कहता है शायद ही मेरी जिंदगी में सही समय नहीं है चार आदमी उठा ले जाएंगे पूरा मार्केट खाली कराओगे तब मोटरसाइकिल चलाना सीखूंगा जिंदगी में कभी नहीं सीख सकता पूरी रोड खाली कराओगे तब कार चलाना सीखूंगा कभी जिंदगी में नहीं सीख सकता कभी कार्डियोग्राफ देखा है ईसीजी का कार्डियोग्राफ जब तक अनसे चलता है तब तक वो सेटल है और जैसे ही वो पे पे पे सेटल हुआ सेटल हो जाएगा भरे बाजार में से जो गाड़ी लेके जाए ड्राइवर को पूरी दुनिया कहती है पूरे संसार पे कालीन बिछा दो कि क्यों मेरे पांव में कांटे नहीं चुभने चाहिए अरे चप्पल पहन ले रहे चप्पल पहन ले सारे कालीन काम भी सारा है चप्पल ही पहन ले